मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं जगती आँखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले जरूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले मुस्कुराती आँखों में भी सैलाब होते हैं चिंगारी का खौफ न दिया करो हमें चिंगारी का खौफ न दिया करो हमें हम अपने दिल में दरिया बहाए बैठे हैं अरे हम तो कब का जल गए होते इस आग में अरे हम तो कब का जल गए होते इस आग में लेकिन हम तो खुद को आंसुओं से भिगाए बैठे हैं हकीकत जान लो जुदा होने से पहले हकीकत जान लो जुदा होने से पहले मेरी सुन लो अपनी सुनाने से पहले ये सोच लेना भुलाने से पहले ये सोच लेना भुलाने से पहले बहुत रोई है आंखें मुस्कुराने से पहले मोहब्बत ऐसी थी कि उनको बता ना सके मोहब्बत ऐसी थी कि उनको बता ना सके चोट दिल पे थी इसलिए दिखा ना सके हम चाहते तो नहीं थे उनसे दूर होना हम चाहते तो नहीं थे उनसे दूर होना मगर दूरी इतनी थी उन्हें हम मिटा न सकें सोचा था तड़ पाएंगे हम उन्हें सोचा था तड़पाएंगे हम उन्हें किसी और का नाम लेके जलाएंगे उन्हें फिर सोचा मैंने उन्हें तड़पा के दर्द मुझको ही होगा फिर सोचा मैंने उन्हें तड़पा के दर्द मुझको ही होगा तो फिर भला किस तरह सताएंगे हम उन्हें